कौन तो रहा और इसके बाद लड़का नहा सुना सब कुछ सकता है

अभी तो जी पिक्चर खराब हो रहा है आ, रहा अच्छा ये सब पिक्चर को खराब हो है है सब सब

नहीं हाँ? तो तेरे गौरव करना संसारे सारम भुज गारे भवानी सही समी

क्या नहीं, दूचारा घूम

हां <draga> तो तो तो पर्स तो में तो था लेके 150 रुपए लगेगा तो अह तो वो बता दो पड़ोसा तो लग ले देखो तो दिया तो अब तो तो हमें 3 साल खाली दो दो मर्द डाल लिया भई ये मोटरसाइकिल तो यहां रख लो इसे हमें एक बोतल दे दो अच्छा बैंड पर है दो बैंड है पूरा पूरा अच्छा भाई के तुम ले लो आज पर पर ले ले ना बाबा

कपड़ा का कपड़ा वाला डालना है हां ये डालना है कपड़ा रख दो कपड़ा रख के देना हां कपड़ा रख दो और कपड़ा के देना ना एलर्जी है ओहो ओ राजा ने प्राली करिया की जरूरत पड़ते ना कपड़ा पर

रहा? सब पकड़े रही थोड़ा कब मिलते

सुगंधियन काट लिया और सही से

बोल नहीं सकते हैं बोलना

वो सब बैठो उठिए बैठिए हम्म कौन सा से काम कर रहे हैं देखस भी पर जीस चलिए हो गए बैठ गए चलिए चलो साहब अपने लोग हम मुंह में लिया

ये ए चलो ये चले आबो अब लवा चलते लेट हो रहल छी जल्दी जल्दी ब्लड प्रेशर ना मिले छी हां लकी में नकलिया को बुला दी चार गो एक बार एक बार गिर जाता बाबा सब नहीं चल घर पर सीधा के सीधा सीधा ये सीधा ये

अब उम्र है ना उमर्जी उम्र दीजिए ठीक ठीक तब कोई दिक्कत नहीं

लोग क्या कहन मोर लेते सा देवी बारी है सा बोलू तारे नाम बारी साजा लाओ बारी है हां वही के ले आना हां हां लगन से पटरी हां

आप चल जाइए जाइए जाइए साथ साथ में में इसको ले और कौन हाँ ठीक है

हाँ हाँ हाँ ए बच्चा हटता कुछ इधर इधर इधर

अभी अभी है, है। है ही हुआ कितना ना? जाना। इतना जो बोलब तबाती

है। है आ नहीं झटकिया तो बात है। हो तो जाएगा। <laughs> तो <laughs>

ये pony pillar hai ji da rohta ab na raat mein jaate photo kise hai na ye baki aaya hai 10 tere banayega banay ke bahut hai

बेचारा पहले पहुंच गया ये <laughs> तो गेट लगा हुआ <laughs> <आगे> है <हुआ>। नितना <laughs> को खुलना चेहरे इतना को यही

मंजिल तक पहुंच गए <laughs> मंजिल तक पहुंच गए <laughs> युवा हाँ सब कुछ नहीं लग रहा है

हरपुर में बाप। में हरियाणा रहते हैं बात है हरपुर बड़ी छोटी छोटी हो गया अरे और का सवाल है हम ठीक है पंचायत मकानपुर

बाह हर तुरंत

चलो चलो चलो अच्छा है ना फोटो फोटो पांच को चलिए चलिए चलिए ठीक है ठीक है सब ठीक है चलो चलो चलो जल्दी

मौका मिले मरिए बैठिए ना दीदी सब ठीक है बैठिए जिम्मेदारी शुरू ठीक है

बढ़िया मोबाइल हमरा सुन ले बोलते रह जाएगा करो मैया दरवाइया

सुझाइएगा पाँच हजार हो गया हो गया अब बुझे तो लगेगा होगा तो

फोटो बिधर खाते

नॉर्मल नॉर्मल है हो हो गया। गया। कीजिए, कीजिए, कीजिए, कीजिए। थोड़ा अच्छा। जिए

लो पुलिस के ग्राम लिखा अब चितास के ज़रिए आरक्षण करेगी मुवलवा के मामले खड़क नहीं चल रहा है तो जब कोई घर में खली खाता है एक बार तो इतने घर में चलेंगे जब तात मामा हुआ आरक्षण के तो रमूरी को लाए देंगे लाए लाए कितना मार देंगे लाए दी कितना मिलिंग है

ख देखिए कुछ ये मेरे नहीं है ये

अच्छा तो अच्छा ना दिखेगा नहीं छाड़ो सब मैं गीतो गा ले

जब ना लेडीज पूरा लगे से तो सब सा काम जाए सामने <laughs>

ठीक है ऊपर फ्रेन थोड़ा सा कम ऊपर भी कम तो तो गए

जो नया बिल नीचे है रे तमाम कमियों में चक्कर 3000 में लात कोला है क्या कर रहा है हो गया इधर चलिए आपका नंबर उधर लगने लग गया बस तुरंत बस सर लास्ट है उधर तो रुकवा रखे अभी ना रोक के रखेगा अभी आइए सर ये देखो ले लो चलो

इधर देखिए ऐसे सामने देखे

सावा आगा, सावा आगा। नहीं। है है सब स्वागत वेलकम फोटो पर ध्यान रखिएगा वीडियो पर ध्यान वीडियो नहीं हमारा सीटिए हाँ

अपना फोटो बोलो शंकर भगवान के मालूम है

सामने देखिए। चाँपली। ये आप घटोना कुछ। ओ मोबाइल तो सामने। हेलो कभी। किधर देख के? घटो मारी है? अरे यार।

खा लीजिए पहला। ना लंबा। लंबा मुझे

ये आता नहीं है वो ऐसे इधर चला आप वो हां यहां सामने मोबाइल चला रहे हैं जब तक सब जब तक जल्दी हो जाए वहीं चलो वहीं बैठ जाओ खाली फोटो फोटो खाली बैठ के कहां चला गया हजार है ना

देवता आसने अपने आसन के नीचे स्वास्थ्य तार

जो श्रोव्यजोरी सूजकया जगे निकिव अवकाकम भद्रकर्मी देवित सम्ययुम श्रीवाय

माता तजोनाभंग सन्ना करो प्रजा भय भय नाशोभ्या शोशा तेरा सर्वादी शाम आस्था मन से हस्त वर्ण से वर्ण से

स्वाहा बृहस्पति वर्चो ज्योति वर्च स्वाह सूर्य ज्योति स्वाहा हरी ओं गण नंदवाम्दे

ठीक है ठीक है। अरे बुआ

तो हे घंटा से गर्मी सबके मार दिल

रास्ता छोड़ के आगे रास्ता छोड़कर हम बेकार

उनका फोटो ले है कोई बू ए लड़क नाम दीजिए

बड़ो अशोक विष्णु रूपेश प्रति गृहण अपना नाम लीजिए।

अच्छा nice. nice.

नया विचार अभी आज चले जाओ।

हम लोग

ये सब का जोन कर के लीजिएगा। इनका कितना खातो है जेल साल में एक बार भी नहीं मिलेगा

अब। ओम प्रजापते स्वाहा इदम इंद्राए नम ओम आगने स्वाहा इदम मगने नम ओम

द सोमाये नमः इत्यादि भागो ओम, ओम भु स्वाहा इदम मदने नमः ओम भु स्वादं वायबे नमः ओम स्वाह स्वाहा इदम सूर्याये नम महाव्यामंगल शिवेदारे दिखके गौरी नारायणी नम सुषे स्वाहा

रह दौग। दौग। लड़की के लड़की, को आगे आगे। नवाने लड़की का भाई को बोल बाबू

हे नम गिर गुंगवा महे

मामा हम जानी जादरु जादरु अरे जो भाई बसू मा माया हम जाने गर्वधमा नाम पापा

कौ, कौन है ना हाँ के दे दे दे। हाँ? हाँ? देख बंद कर पर जो दे बैठे बैठे हट पर तो है

ओ आओ आओ आओ न ठीक है ठीक है आओ ना आओ आओ बढ़ाओ ना तू ठीक है नहीं जाएगा आदमी यहाँ देर पर देर पर चुख दे चलो आओ

में दिन तो तो रात का हम है पटवो बिंदा तम दे बंदोर में लेकिन पंडित जी कुछ

अच्छा तीन और बार बोल ना था रे लल्ला लल्ला ये कॉपी ना करो एनआईए आगे आ गया माता ने कौन से तक आप फली नहीं है चलिए थोड़ा सा ओ जी

अंदर पाँच <पारी> बार नीचे से ऊपर से लेकर ले के पांच बार लगाना। लगा <पारी>

मैया पार्वती की समझ

तरी हो के मान से करन दो कच्ची के बेचरा कम कच्ची आवा सामने से मु मु उठई मु उठई ए मान दो मु उठई इधर सामने देख तू मान भर तब चुम ले का देखे कांच में यहां है का नहीं ये भूल लेना है पापा समतम तक चुमाने मम्मी को सरकार के इसी जगह पे खा दे नहीं

कारगार

एक कर एक कर उसका कर ना करो। फोटो नो आ रहे फोटो फालतू के

हम हम हम वीडियो वीडियो बनी तो है। देखो मुरी उठाइए ना मुरी उठाइए नही उठा कर ये। इधर देखिए करना तो बताइए

अरे यार तुम ना सा। तो कर कर दे। हाँ। यार ये बुरी दर्द। कर कर कर कर तो मैं तो बोल रहा हूँ कि तो कर कर दो।

तो जो है ये तो पानी है सीधे सीधे सीधे लोग ना और पोते ना ना वो लगाता निकलवा वो नहीं चलता डाल सिनर जलाता तैयार सरकार

हो गया है, हो गया सब काम। से कम

आवन जे जे सिस्टर नाही ते मला माहिती आहे

वले पचे पचे तो हम ना आगे होया ले लक्ष्मी अब तब पचे गाड़ी में पचे ना बकटा आईया अब हां आ लो पहले उठाओ सर पहले मामू को मामू को सर वो फिर तो खुद काम करते मामू उठाबो आदमी को बजे काम करते बेटा भैया को से तो से हटाता हां

ठीक ले। क्यों? आप बोलते ना है? ए चलो, अच्छा। ये क्या बात चल सब बुझे नहीं पहले ला लेकर अच्छा अच्छा

ये सामने दिखाओ नहीं खेल के बिना हरा जाएगा ठीक है तो उतने है। दीजुने। दीजुने। तो बराता है उसको दो है हां तो डबल कीजिए तब होगा उधर आ जाएगा डबल कीजिए उसको डबल कीजिए ना ना है डबल ये हो रहा है ऐसा नहीं लंबा लंबा नंबर नंबर नंबर भी दहे नहीं नंबर करो ना नंबर नंबर हां हां

तो पांच बार तुम का था ना है। <coughs> आ, तुम वो गाड़ी गाड़ी चलो थोड़ा आगे तक झपो तुम झपो

जाओ ये सब जाओ जोगी वो तो अब थोड़ी चार अरे हुआ ये पूरा करो पूरा करो बस बस अब पकड़ दो पकड़िए दोनों पकड़िए तो इधर देखिए पकड़िए उसको दोनों से जो किधर रहे हैं पूरी गाड़ी पूरी गाड़ी

हाथ में हाथ में देना

जाओ <laughs> रु <laughs>

हा हा रो दो मिनट दे दो ये पान बनातेगा अभी सब पान आतेगा पहले देना नहीं पहले देना नहीं

क्या हुआ लड़का को छोड़ दिए बाबा मंदिर खुजते

परमिशन लेके उधर उधर उधर से से से कीजिएगा ले के उसे

है काम है आप साथ साथ सा, साथ सा, साथ सा है ठीक ठीक काम ना ना साइड साइड साइड से से को ये तो ना बैठ गए

पहले प्रणाम कर लेना पहले प्रणाम करनाम पहले प्रणाम क्या नहीं फोटो खींच

है पता कीजिए कहाँ हसी में

देख क्या है बामा हाँ हाँ। आता हाँ। तो कर <laughs> ना करवा दिया

चुप <laughs> मारबोक में <नी> ना <laughs> आई ठीक <laughs> <laughs> <अगी थी? laughs> है कौन है करना जल्दी अरे कराई थी जल्दी अरे रुक मत और मैं انا पुनी समझ रहा हूं पता नहीं तो क्या हम बस वो ए वो नहीं है ना अलग अलग है हम्म चले बंद कर

आए ओ आज घरै लगिबे काम करै लगिबी तार पैसा नै बचै नै मोजे नै आ सब तो अच्छा गय आओ ह नि जे देख खालान तो एक फोटो खिचा कर खोज रे मारा ए फोटो खिचा ना हलो नै नै फोटो नै खिछल छै बिना बेटा बैठो न एकदम सब ठीक छ जे हो ल ले लि जे नै बैठ पर यहाँ सबले कनिया नै छूटतै धरि मारे ले गिन बच्चा बच्चा

अच्छा कोई मुद्दा नहीं बचा रहे हैं अशोक बोल रहे हैं

सा है बोला सास

उठा पाँच हजार उठाइए बैठाइए बैठिएगा बैठिए

है। बेटी नानी का नानी सब ए शादी में पता है।

हम तीन लग बोलिए

साथ में रही उधर उधर बोल रही

होते दोस्तों अच्छे से जूम कर, कर लीजिएगा। तो <hansi> क्यों कैमरा

चलिए ना है। पड़ता है, पड़ता है। ना रहिए रहिए चलिए हम लड़का को छोड़ दिया लड़की कोई फिर से कल आएंगे फोटो ना और दिखाइयो <laughs>

darla sapitchese takna pecheye gol gol tagye mummy aa number tagye mummy chalo ab aane ka hai abhi ha

आगे बढ़िया ऐसे रुखेगा आगे रुखेगा

ये मेरा सपना है जो यहां कुछ नहीं है भाई थोड़ी थोड़ी आप बाकी लोग करो हम वो सर्कलला उठाते हैं ए सागर बोलना हां और थोड़ा और

मुंबैठन दीदी है मुंबई थोड़ा

जय हिंद जय भारत जय हिंद जय हिंद आज से दिया बने ना हो गया आपका बनना जरूरी है मेरे यार ये खाने को डालो खाने को

बात बात कर

और जाए और जाए छकिया गोरेस छकिया निशाना उतर दिया सनी तक कटला जाके पास कहां है चलिए धीरे चलिए एक और आई नहीं दोरोने दे बाकी धरती भी हां दौड़ा बाकी इतने भी चल नहीं नहीं नहीं आ ना धनुष से गोली

तो हम तो या सब खटवेल लगा देतो निकालियो न हम तो जता जता खाली है थोड़ा आज थोड़ी लेना से हमरा देख लिया खाली पर सही हो जाने से खाली कर लेला जंत्रा पांच हमरा थोड़ी पटरा मैं 1 रुपया 25 पैसा आ तो ले ले ले

अलग से मशीन से निकलवा के ताजा ताज़ा ले ले ले ले आज अच्छा गो पकड़ एक एक गो पकड़ बना दे वीडियो बना दे वीडियो

<दिण> गाँगाई गाँगाई। hmm. नहीं भाई एक एक गारो ले हां चल ले एक ले। ले। तो ले। दे एक गारो तो ले हां अबरी ठीक है ले आज इसको दे दिया आज सुन ये खा ये खाली फोटो खिचावे जो सब खुदरा दे दिए हां अरे जाने को ले के दे रही ले मक्नी कहां छे मक्नी दो को कर दो हां मक्नी कहां छे ले के

से तो। इधर बीच में है है देखा के ले ले मखनी करते

पहले करवाएगा। तो निकालो। काले सिल को

पी <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>

नहीं सही आइए अंदर है आई अंदर आई अंदर आई

तो तो है ना कोई रही खड़ा बहुत चाहिए बैठिया कैठिया करने पैठिया हाँ

आया रे मगर मां है कौन अरे वो हो गई भगवान मां हो गया टोपी लगा लियो हां टाइम वीडियो कैमरा वीडियो कैमरा बताओ तो पर्याप्त हो रहा तो ऊपर नहीं गया मैंने तो बैठ कर लिया तेरे से तेरा साल पहला से पिछले से तेरा साल पहला दे रही है और की कहते हैं

सेक्रेड बार अब लोगों को देखिए आपने साल हो गया अब लग गया बस ठीक हूँ मैं बिल्कुल कहना मान कहना आत्मा सही लगा हम देखिए देखिए खुश सही लगा है <laughs> निकाल दियो नरो मामी की देखिए कोई खुश नहीं तो ये और तो तो देख खाल बने काले दियो नरो बहुत

येन मिलो साइकिल नहीं सेट करना और गा लेने मुसली नहीं करेगी करियो ना हंस नो कलकत्ता है गैचरा भी जी रहे थे गैचरा में कलकत्ता में शादी तो घरवा है मैं तो ये जा जी हां भाई लोग जल्दी को मिलने कहीं बाकी दलक है दलका के ले लो

है छोड़ भी टाइम आएगा के खाली बता अब छोड़ छोटे बता दे खाली दूम कर लेगा अपने से कहा

तो तो रख को तारी तारी। थाली में से ना ना बहुत ना। लड़की लेकिन नहीं चावल

ससुराल में कल ले आए थे आज हो गया आ गया सती मंदिर में शादी था में हाँ बोलिए ना

भाई हाँ, कर फेस दिखाइए कहानी बंद हो गया बंदे हो गया चालूगा

कैसे उठाएंगे मोरी उठाइए मोरी उठाइए मोरी उठा कर मारिए पापा तो लगे अपना अपना वाला फोन है हां अपना फोन निकालो बाबा आओ तो नहीं ना वैसे कैन आप लोग कॉल दे देंगे सबका दर्शन करना बंद कर चलिए भाई मोरी देखो एक हमारा माय लॉस एक ये दोनों हर नंबर है ये हां ये पहले दोनों आगे बैठिए लॉस तेज है तुम अपना pocket में डाल दे

पूरा वीडियो आथिन ले रहा है बसने पेग लो भाई हिसाब के मोबाइल खुशी आ जा आज हम तो जाने या चाचा बात तो ना करना चाहिए पैसे लाके कितना देखते बता के करो कोई चीज देखिए इधर बाकी करा जो बाप रे बाप एक तो आके

वटास खारा दरो तरसने का भी लोग ना वाला चल चल सब चले हो अभी जोरा जोरा जोरा जो करा जाकर टीशर्ट को पहना सामने देखिए किसी एक्शन दो गोली क्या करके बना तो तो वजह तो यहां आ गए केड़ा तेरा हो गई जो जो सब बन के जाना ए एकरी बच्चा

चलिए हां तो या बनाइस परोट की करना है दुकान में पर में तो ना पड़ने वाली है गाड़ी गई छोड़ गई ना तो आते वक्त थोड़ी थोड़ी आधी एक फूल जरा से एक लफ फोटो खींच पड़ी है हां <laughs>

हमरा तने गुरुपट्टी आरे लेट में कर रे एकदम तो या रे एकदम आरे दिवाना से निको कपड़ा आ रे दिवाना तो अभी तो तो जाना अरे एकदम सब आ जा ले न ओकरा तोकरा सब हटाओ ओकरा सब का तोला बच्चा सब का हटाओ हां

तो यही पटी है अब तो कभी करा कौन पटी जब तक तो नहीं रखना होता है उधर पटाने माँ या बिल्कुल तो करा नहीं है पंचों तो वहाँ लिया तो मोच पच बखलों नहीं जाते बात तो करा करनी है तो ये सरबा सरमा मिरे अब यहाँ ये कम होता है कि जिसका घिसबैंड करता है तो ये अपन को लेकर जरूरी चक्कर नहीं आ � <laughs>

एक का साथ में आ नहीं नहीं था। दूने दूने दूने लंबा, था। लंबा लंबा लंबा तीनों खत्म अच्छा कैसे कहां कहां से बन जो कहां पर होता है बस बस

छूटेगा वीडियो कभी कोई दिक्कत नहीं तो आप को पकड़ के है ना एकदम टाइम पर छूटेगा बीस फुट के पोस्टर ना अब होटल फैमिली खोल

तो है। हाँ। मामू। मामू, मामू, अरे अरे भाई, मामू। <laughs> तो रही है अरे भाई, मामी। दोनों जो कच्चा दे सब जल्दी जोड़ा जल्दी

पहले पानी नीचे जाए कि दीजिएगा ना बस। केवल आप खाना है। हाँ। और आप पकड़ के खींचने हैं। हाँ उठाने। जैसे उठो। जैसे गाय थे ना उसका जीना। लो। एक साथ में। हाँ। लो। ठहरियो। रख दीजिए उधर साइड। सर ब्रोग। सर ब्रोग। रख दीजिए। हाँ, रख दीजिए। ये रख दो नीचे। हाँ, रख दीजिए। तो निकल सारे ह

अब तब उठाएगा। आइए आइए अभी दोनों। तो मरवा चुपिया कहाँ लिया जल्दी

लोटा लोटा से आर एस टी हां ज्यादा भी देखिए बेटा बिनता को दिक्कत कोई दिक्कत ना ना ना वो ना देखो तो फेंक तो। के घर जाना आप चाहते नहीं है के हां मार बोलिए हां मार आ गया सब कोने नीचे आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं आप चलते भी आ हां बाबा जल्दी चल जाइए भाभी को खींच ले बन भाभी को नहीं है आगे चला मत

चलिए चलिए। ना, ना। नहीं नहीं। जाते पता पता ले एक बार फोन

बोलियो ये लौटा दे ना तोर को हम ये अपन खेलाए रहे कि ना हां सुख जरूरत आ चुके ना तुका जय ये जितला जब तक मैं कबूल कर धन तब तक ना हो के चार बार होए करना आगे हट के आगे हट के अच्छा हां नीतू धान तो कुता है

हाँ मैं तो तो, तो, आ... तो तो गड़ रहूँ तेरे नहान पूरन हाँ चावले प्रथम तो मुन्ना गोल्डन चावले चार दालन तो तूने कहीं भी करके लेकिन पहला रोटी जरूर देख लेता हूँ पहला रोटी देंगे तब ये उसी दिन भैया आज तो बात अरे पिक्चर बना के देते हैं जहाँ किस के लिए बोलिए और खाइए पट्टा हाथ पकड़िए हाथ प

आवाज ना आया भाभी। आपका घर किधर है? उधर, उधर, उधर, उधर। हाँ तो, क्या करें? ये नहीं था, ये था रही है ये नहीं। क्या नहीं? बस एक लाउंज है। आप कहाँ? बैकी। ये नहीं, ये नहीं रहा। चाइनीज़, चाइनीज़, चाइनीज़, चाइनीज़ ना। ये तो। सीता को पुकारो रही है ना? नंपा दा कर दो।

पूरा नहीं हल्का उठेगा बैठेगा बस अपने जाओ। आपने ये बल्ला।

फूल बचल हाँ गुलाब बोला एक दही लगे

गुलाब होता है ना बैठिया यहाँ बैठिए आप बैठिया पहले पहले बैठे आप उतरा उड़ा अब इधर बैठिए बैठिए बैठिए जा नहीं है

ऐसा तो बना ले बस खाली खेलेगा हमारे बाप हो जाएंगे बस जी तू करिया ना हाँ ये लिया तब मुट्ठी बंद है मुट्ठी बंद है दीजे उठाइए उसमें खोजिए सिकरी तल हो हाँ सिकरी यार पैसा हाँ कॉर्डी ये और उंगली हाँ ढूँढना तभी सोच ले संतीमर फोन में उठा रहा हूँ ढूँढोगा हम्म दीजे फायर आया �

आगे। आगे। तो आगे। आगे। आगे। आगे। हाँ हाँ, आप आप लोग ना नहीं तो सब गिराइए देगी देगी पहले दे। वो दे। वो उठाएगा कल में लुटिएगा बारे पैसा वैसा आया कि नहीं गिराइए नीजिए उठा गिराइए

एक डबल डिलाप करियो और चाहिए <laughs> आने दीजिए वाइफ के लिए बंटी बंटी तो देख पांच बार हो गया चार बार जरूर और दीजिए लुटना है बाय देख क्या वो लुटिएगा स्टेबल <laughs> नहीं करता है मम्मी हाँ तो बोलिए हाँ खुलवाइए

अब इसको दे दीजिए पानी को ले अब दीजिए इस गिरा की अभी पांच बार देगी खाके चार बार तब पांचवा बार में लुटिएगा देखिए भाग की करी बोला नहीं ये बच्चे भागना हमें ये कर खाली चली मत कर ले आज ये कोई से हम गन्ना खा दो दे दे बोलिए लूटिए अब

आओ नहीं एको खुलेगा तो खोल के रखिए मैं खोला सकती हूं तरीके से हां या तो हूं नहीं खोली है अब खोल दीजिए हो गया पहले कैसे होता है नहीं तो काम से ना खोला देखा लगा रहा हो रहा ना हां तो क्लिक कर चलिए अब खोल दो अब खोल दो अब खोल दो हो गया नहीं हम चलिए और

खलनायक समझिया? ये नियम से क्या किया होता? कोरोस्ट करता ना? आप किधर आने? एक क्या? नहीं खुले से कोई ने खोल पाये? पहले बोल दिया नहीं खुले थे। पहले पिलाने दे तुझे। चलियो गया। चलियो गया। तो जहाँ तुम सामने थे जो? चल चल खत्म कर गाने। धरती धरती जाओ उसी में हाँ। क्या हटा ये धरिया?

मम्मी आपने लगा क्या ओके दोनों आधा-आधा आधा-आधा आधा-आधा दे खिलाना नहीं देगा खिलाएगा जल्दी दो साइड साइड साइड से से से करो तनी दही चीनी हल्का

का कर कलर का ऐसे पांच बार कर दे छोड़ अब छोड़ हंसो जब आ, कर दे हां तब फोटो सही आएगा मुड़ी भर ले जोर पूरा पेट दीजिए अरे लेके मुंह हां बता नहीं बात नहीं क्या कर रहा है उधर जा उधर से मुंह हम का ऐसे घुमा के से नहीं नहीं सीधा कर गाइस सीधा कर नहीं नहीं रहे इधर से पूरा वाले करना है

मोबाइल तुम देख खा खा नहीं तो सब आ <laughs> आ एक बार में ठीक चलिए

हम सीधा कर ले

बंद कीजिए उसको धीरे धीरे, बंद कीजिए उसको खोलिए उसको

नॉर्मल नहीं के के दे। था पूरा गरम जिम्मे कर सब

करते करते एक

इसको। एक ऊपर नीचे फेस बीच में होना चाहिए ऊपर जाना चाहिए ठीक नीचे भी लाऊपर ले जाइए नीचे नीचे नीचे नीचे भी जाइए जाइए धीरे धीरे धीरे धीरे ठीक बंद कीजिए इसको है ऊपर हो जाएगा ठीक ठीक और ऊपर कीजिए और ऊपर कीजिए

को तो सौर

पर किसी चुरी को हां बस दोगली छोड़ ले जैसे चुरी को एक एक कर आशीष तो तो मैं छोड़ दूँ चल किरी उतरी ली ले जाना ज्यादा ज्यादा तो मजा ज्यादा हूं वही तो बात कोरा बीच में हां थोड़ा दोनों दोनों चेहरे पर होना चाहिए थोड़ा थोड़ा खाते नहीं न रहता था

वो इसका एक पर तो तो डाल तो दो इसको बंद कीजिए एक बार बंद भी धीरे जाओ एक भी bột रंग का डाला क्लियर बताओ कैसे इसे ऐसे करके रोते फडल बना के कैमरामैन बताता नहीं है हां उसे लीजिए दूसरा सेकंड करना देना दूसरा बता दीजिए

तो आगा आगा। समय तो सब भूल जाता है ये ये है का का तो ले जाइए उधर ले जाइए धीरे धीरे तो चाहिए

हल्का सुर सिर रखे ना रखो सर सो जाइए सो जाइए सो जाइए मैं छोड़ देता हूं ना बस सो जाइए और फूल और अच्छा लग रहा है हां दीदी भाई देने का हमार छोड़े चली थी भाई ये नो

तो सुछु। सुछु। <laughs> ये तो नहीं। <laughs> इस सब फोटो आए। फोटो गाना बने बसो गा अच्छा। ये ना जो हो रहा <laughs> <इन्या> गए <गारे दुण। laughs>

यार तो बस कल कल चार जाने के पहले आ जाएगा लेके लेके लेके लेके लेके ले, पुलिस

पुरी पुरी ये तो ऐसा है कि आदमी ने यहां जाकर कोई इज्जत नहीं लड़े ना अपन ने ओप्पो पल के कब फु टाइम पे बता ना यहां तो पंडित जी अब बता तू बोला बियाह से बात पता वाला टाइम कैसे कैसे कर रहे है कितना फोटो गिदा मोबाइल वाला सब भाग वो सब का मोबाइल भेज ले नहीं ताकि किसी

सबकी हँसी है नहीं तो

गुलाब फूल कौन है आइए

रोका कोई रोखा देता तो है तो ठीक है रहता <laughs> <laughs> नहीं